तो हेलो फ्रेंड्स अब सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सबा बुटिंग में तो फ्रेंड्स हम टू रियर वाला फुल अमरे स्कर्ट का कटिंग स्टिचिंग में आपको बताने वाला हूं इससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स चलिए फिर कटिंग स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स हमें घेरे कट करने के लिए सबसे पहले आपको चरखुट कपड़ा इस तरह से ले लेना है तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले इसका मैं किस तरह से हमें कितना लंबाई कितना चौड़ाई में रखना है इससे से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं तो फिर देखिए इस तरह से हमें एक डबल फोल्ड करिए कपड़ा ज़्यादा बड़ा है इसके लिए तो फ्रेंड इस तरह से हमें फोल्ड में, में साढ़े सोल रहा है तो खोलने के बाद तैंतीस इंच हमारा हो जाएगा और तैंतीस इंच का लंबाई चौड़ाई भी तैंतीस इंच है फ्रेंड्स तो इस तरह से हमें चार फोल्ड कर लेना है कपड़े को तो फ्रेंड ये खुला वाला मेरे साइड है ये बंद वाला इधर है अब ऊपर वाला घेरा कर करने के लिए देखिए इसका लंबाई चौड़ाई भी आप देख लीजिए तो फ्रेंड्स इसका जो लंबाई है 22 इंच है और इसका चौड़ाई भी है 22 इंच तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें लंबाई चौड़ाई हमें सेम रखना है दोनों का इस तरह से अच्छे से चार फोल करने के बाद इस तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिलाकर रख लेंगे घेरे को कपड़े को तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अच्छे किनारे मिलाकर यहाँ से जो है फ्रेंड्स हम कमर का जो गोलाई कट करेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम कमर के गोलाई आपको मार्जिंग में समझाता हूँ तो तो सवा तीन तीन इंच पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है तो फ्रेंड्स सवा तीन तीन इंच पे मार्क करने के बाद अच्छे से हमें इस तरह से और ये लाइन को अच्छे से हम फिर मिला लेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा मार्क कम्प्लीट हो गया है अब मार्क के ऊपर अब कटिंग कर करेंगे हम तो फ्रेंड्स ये हमारा कमर की गोलाई कट करेंगे अब हम ऊपर वाला जो छोटा वाला घेरा है उसका हम लेंथ लगे जो लेंथ है आठ इंच रेडी आ रहा है तो इससे इसी हिसाब से आठ आठ इंच हमें चारों तरफ निशान लगा लेना है कमर के के हिसाब से तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि हमें कमर से गोलाई देना है अब इससे हम गोलाई के ऊपर हम कट कर मार्जिन के ऊपर गोलाई में तो फ्रेंज ये ऊपर वाला हमारा घेरा करके तैयार है छोटा वाला तो आप हम बड़ा वाला घेरे को मार्जिंग करेंगे घेरे के ऊपर तो लेंथ हमारा आ रहा है साढ़े तेरह इंच तो इस तरह से हमें साढ़े तेरह इंच पे मार्जिंग मार्क करते जाना है तो फ्रेंच इस तरह से हमें साढ़े तेरह इंच पे हमें चारों तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेना है और ये लाइन को अच्छे से मिला लेंगे तो फ्रेंड ये मार्क हमारा तैयार है इस तरह से फ्रेंड आप चाहिए नीचे वाला घेरा से हिसाब से छः छः इंच पर मार्जिंग आप कर सकते हैं। चलिए फिर इससे हम कटिंग कर लेते हैं नीचे वाला मार्जिंग में तो फ्रेंड ये हमारा घेरा कट के तैयार है और यहाँ जो खुला वाला साइड साइड में हमें एक कट लगा देना है सेंटर के लिए तो फ्रेंड देखिए हमें लास्टिक अटैच करते ये हमारा कट काम आएगा तो चलिए फिर आपको अच्छे से मैं दिखाता हूँ किस तरह से हमारा टू डर वाला घेरा कट का तैयार है तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा घेरा इस तरह से कट का तैयार है आपको मैं इसका सेटिंग करके कर दिखाता हूँ किस तरह से हमें सेटिंग करना है तो फ्रेंड इस तरह से हमें अच्छे से कपड़े को बिछा लेना है कट टू हमें जो है जो कमर के गोलाई में है हम एक सिलाई लगाएँगे ताकि हमारा कपड़ा इधर भागे नहीं तो और फ्रेंड्स ये दामन में हमें रेस भी लगाएँगे आपके पास जो भी है मैचिंग के हिसाब से आप लगा सकते हैं चाहिए तो आप पी भी करा लें और नीचे भी इस तरह से हमें दामन में लगा लेना है फ्रेंड्स फुदसा कपड़ा है तो आप पीको भी करा लें या फिर चाहिए तो एक दाब का फोल्ड करके मोड़ लें इस तरह से हमें एक दाब पे कमर का मार्ग गोराई में हम सिलाई लगा देंगे पहले तो फ्रेंड्स हमें दोनों छोटा बड़ा घेरे को अच्छे से एक एक दाब पे मार्जिन रखते सिलाई लगाना है तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा घेरा जो है कमर की बोलाई में जिस सिलाई रखकर तैयार है तो अब यहाँ से जो है हम रेस लगाएंगे जो तो व्हाइट वाला हमारा रेस आपको दिखाया हूँ इस तरह से हमें एक दाब पे मार्जिन के हिसाब से हम रेस को लगाएंगे फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखेंगे आपका अगर फुचरा वाला कपड़ा है तो आप पिकअप करा रहे या फिर आप एक धाप के फोल्ड करके मोड़ रहे इस तरह से हमारा चारों तरफ रेस रख तैयार है इस तरह से हम आधा इंग एक्स्ट्रा करके कर कर कर कर हमें फोल्ड करके हमें अच्छे से लॉक कर रहे हैं ताकि हमारा रेस का जो है फुचरा नहीं निकले तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटे वाले घेरे में जो है रेस रख तैयार है अब हम नीचे वाले घेरे में रेस लगाएंगे तो चलिए फिर आपको नीचे वाला घेरा भी आपको लेस अटैच करके मैं दिखाता हूँ इस तरह से हमें इससे में भी एक दाब का मार्जिन रखते हुए नीचे वाला घेरे को कपड़े को आपको टाइट रखना है रेस को आपको टाइट नहीं रखना है तो नहीं तो कपड़ा आपका सुखड़ जाएगा तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें एक एक दाप की सिलाई लगाकर इस तरह से हमें एक, एक इंच ज़्यादा रेस को कटिंग करना इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें मोड़ कर रेस को फ्रेंड्स हम लॉक कर देंगे ताकि इसका जो है रेस का फुचरा नहीं निकले तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमें रेस लगा लिया हमें चारों तरफ गेरे में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है फ्रेंड्स आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो चाहिए आपके पास दूसरा कोई रेस उस वो भी आप मैचिंग के हिसाब से लगा रहे तो फ्रेंड्स अब हम जो है कमर के जो है गुराई नाप लेंगे उसके हिसाब से हमें लास्टिक कट करना है प्लास्टिक पट्टी तो इस तरह से हमें अच्छे से आराम से गौरा नापना है गोराई जो आ रहा है फ्रेंड्स आधे में है तो 12 इंच तो हमें टोटल 24 इंच चाहिए तो हमें एक इंच मार्जिन के लिए तो हमें 25 इंच कट करना है तो फ्रेंड्स देखिए साढ़े तीन इंच लंबाई है और 25 इंच चौड़ाई है जो एक इंच मार्जिन के लिए और लास्टिक का जो है चौड़ाई है 17 इंच और एक इंच लास्टिक का लंबाई तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें एक दाप पे और लास्टिक पट्टी के ऊपर हमें सिला लगा हमें अटैच कर लेना है इस तरह से गोल कर लेना है तो फिर इस तरह से हमें एक एक दाप लगाकर डबल डबल आप सिलाई लगा ले ताकि लास्टिक खिंचाते और खुले नहीं इस तरह से हमें लास्टिक पट्टी के ऊपर भी एक दाप पर सिलाई लगा देंगे तो फिर देखिए हमारा लास्टिक और प्लास्टिक पट्टी गोल हो गया तो इस तरह से हमें लास्टिक रखते हुए अटैच कर लेना है एक दाब पर सिलाई लगाकर इसे भी एक हमें सीधा लगा कर गोल हमें इस तरह से लाठी पट्टी के को बना देना है तो फ्रेंड ये ध्यान रखें कि आगे ऊपर नीचे का कपड़ा आगे पीछे नहीं हो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो कभी बहुत क्योंकि होता है कपड़ा आगे पीछे हो जाता है तो कपड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता है पट्टी तो इस तरह से मैं रेडी कर लेना है इलास्टिक को तो फ्रेंड इस तरह से मैं लास्टिक रेडी करने के बाद जो है इस सेंटर में कट लगा तो इस तरह से मैं कट लगा लेना है तो फ्रेंड्स दोनों सेंटर में भी इस तरह से मैं घेरे के ऊपर भी एक और कट लगा लेंगे